Da da da da. da. e <laughs> मंदिर देख डरे मंदिर दे ये डर रहे उधर को ढूंढे Hey <laughs> पहली बड़ मधुमाते ए पहली बड़ मधुमा 4 <laughs>